और वहां के स्थानीय आयोजकों ने उसको खिसकाने में ही वहां भलाई समझी बात यहीं पर खत्म नहीं होती श्याम मानव ने तथा कथित ईश्वरी और देवी शक्ति रखने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सीधे सीधे चुनौती दी कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो देवी शक्ति प्रूफ करके दिखाओ मैं तुमको तीस लाख रुपए भी दूंगा और अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो तुम्हारे चरणों में गिर कर, जीवन भर इस श्रद्धा उन्मूलन समिति के लिए काम नहीं करूंगा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दैवी शक्ति का प्रमाण तो नहीं दे पाया लेकिन 13 जनवरी को खत्म होने वाले कार्यक्रम में दो दिन पहले ही 11 जनवरी को वहां से खिसक गया को सुनिए और 13 तारीख का कार्यक्रम होने के पहले ही दो दिन वो चले गए इसका मतलब साफ है कि वह ताकपुर से भाग गए तो दिव्य दरबार लगाया था उसमें वो काफी चमत्कारों का दावा करते जैसे कि उनका दावा है कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं उनकी उम्र बता सकते हैं इतना ही नहीं उनका मोबाइल नंबर बता सकते हैं इतना ही नहीं तो अपने भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है वो भी पहचानते हम रहा देख रहे थे कि इनका दिव्य दरबार हो ताकि नागपुर में इसी बाबा का ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का दिव्य दरबार हो रहा है दिव्य दरबार में उन्होंने एक दंग, इस ढंग से दावे किए हैं तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर, कर बताए आप नाइनटी करेक्ट अगर रिजल्ट देते हो 100 प्रतिशत का हमारा आग्रह है हालांकि ये दिव्य शक्ति है इंसान से गलतियां होती है दिव्य शक्ति से तो कोई गलतियां होने की गुंजाइश नहीं इसके बावजूद टेन आपको छूट है नाइंटी अगर दो बार आप रिपीट करते हो रिजल्ट देते हो तो आपको अंधश्रद्धा निर्भूलन समिति अखिल भारतीय का तीस लाख रुपए का प्राइज मिलेगा हाँ। यह आह्वान देने के बाद में उनके सामने चारा क्या था क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें दिव्य शक्ति है लेकिन उनको मालूम है मैं ठगी करता हूं दिखता है साफ दूसरी बात यह कमिटी की ओर से जिसका मैं नाम ले रहा था जादूटोना विरोधी